हुआ था जानते हो क्या हुआ था सर आज ऐसी पिछहत्तर साल पहले आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ नेताजी दोनों मिलकर जोन बजाए अंग्रेजों को अंग्रेज सब देश छोड़ के भाग गए आप कह रहे रह क्या फिर बेटा हम अंग्रेज नहीं है अंग्रेज नहीं होता तो अंग्रेजी काेहे पढ़ाते हो बेटा हम है अंग्रेजी के इसलिए पढ़ाते है तुम मुझे खून आजादी दूंगा जानते किसने कहा था सर जी जी, था। बेटा शाबाश <laughs> आगे से ऐसे <असी>। <laughs> लड्डू नहीं बांटेंगे क्या है <laughs> अरे आज पंद्रह अगस्त है ना? <laughs> आज के दिन तो सभी स्कूल में लड्डू बांटा जाता है <laughs> बेटा हम लड्डू नहीं बांटेंगे अरे <laughs> रसगुल्ला बांटेंगे वाह वा रसगुल्ला मिलेगा मजा ही आ जाएगा फिर तो अरे सिर्फ रसगुल्ला में कहा मजा आए चाय कॉफी दाल चावल रोटी पराठा दही चटनी सब कुछ बांटा बेटा स्वतंत्रता दिवस पे मुंह मिठा करवा रहे भंडारा नहीं लगा रहे जो डाल चवल बांटे तुमको चलो जब तक रसगुल्ला आ रहा तब तक पढ़ाई करो तो यार पढ़ाई नहीं करना है क्या करना है फिर अरे गाना गाना है डांस करना है मौज लेना है बेटा गाना नहीं हुएगा का, का शोर शराबा पसंद नहीं है हमको सर जी पसंद तो आप भी नहीं है हमको फिर भी आपके क्लास कर रहे नाम वाला खेलते हैं कौन कौन जारी सुनाएगा हमको सर जी पहले हम सुने सुनेंगे और <laughs> पत्थर ना पा पा रहा रहा मैं मैं हिल। हिल। तेरी में बन गया पत्थर, ना पा रहा हिल। जोस चील जोस चील सर जी कैसे कही कैसी <laughs> कही जी हम सुनाएंगे हाँ तो आओ फिर आ रहे तो भैया अर्ज किया है विकेट मेरा गिर गया है तेरे प्यार के बॉल से विकेट मेरा गिर गया है तेरे प्यार के बॉल से मेरे, बॉल से। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले या कॉल से छिपका बेटा तुम लोग बदतमजी करने के लिए पैदा हुए हो ये सब सारी वारी तुमसे नहीं होगा नहीं सुना रहे फिर आता नहीं होगा बेटा तुमको पता नहीं हम बहुत बढ़िया शायर हैं किताब लिख चुके हैं शायरी पे तो सुना दो एक शायरी लि अभी सुनाते किया है सर रसगुल्ला कब आएगा बेटा आ जाएगा रसगुल्ला अब शायरी सुनो हाँ तो अर्ज किया है ना तेरे आने से सर रसगुल्ला कब आएगा बेटा इंदर रसगुल्ला की बात की तो देखना हाँ तो अर्ज किया है ना तेरे आने से आया था बाहर ना तेरे जाने से ये जाएगा ना तेरे आने से आया था बाहर ना तेरे जाने से ये जाएगा सर रसगुल्ला कब आएगा